और और और यहाँ पे यहाँ पे एक किल हो चुका है मेरा अरे अरे ऐसे कैसे मार दिया अरे अरे यार ऐसे कैसे मार दिया हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है हेलो भाई लोग कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने वाला है सी रैंक मैच और मेरे साथ सभी के सभी बंदे यहाँ पे डायमंड वाला है और मेरे पास अभी है जी गन जो कि बहुत ही अच्छी गन है वैसे तो मेरे मतलब इसको हम छोटा एम पी फोर्टी बोल सकते हैं और यहाँ पर एक बंदे को मैंने अच्छे में दिए एटी टू मैंने हेड मारा एक को ओ भाई साहब ये इलाइट केली है ना मतलब इसका नाम क्या है ये जो ये जो केली का दूसरा वर्जन है बहुत ही अच्छा है आपको नाम नहीं पता है यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया बहुत अच्छी बात है ओ भाई साहब एक को तो पूरा ख़त्म कर दिया अभी अभी किधर है किधर ये रहा बंदा ओ अरे भाई साहब अरे अरे यार इसने अच्छा डैमेज दे दिया बहुत ही अच्छा बंदा है यार मेरे हेल्प तो देखो अरे ये बुके से हमारी है क्या मेरे को मैं इतना भी नॉब नहीं यार देखो तो सही ओ भाई साहब यहाँ पे ओपी तरीके से विक्ट्री हो चीज हो चुकी है हमारी और दो किल के साथ मतलब दो किल हुए मेरे और ओपी तरीके से विक्ट्री हो चुकी है यहाँ राउंड टू हो चुका है शुरू और और और अभी मैं शायद से एम गन लूँगा जो कि बहुत ही अच्छी गिन है मेरे ख्याल से तो अरे अरे थोड़ी मोटबाजी करते है टांटा टाटन टांटा टाटन और मेरे ख्याल से मेरी टीम में तो बहुत ही अच्छे बंदे है सभी के सभी बंदे यहाँ पे डायमंड टू या थ्री में कोई है मतलब मैं तो डायमंड थ्री में ही हूँ अभी ओके ओके मेरे यहाँ पे हाईस्ट किल दो किल है मेरे यहाँ पर ओके अभी देखो मैं कैसे मारता हूँ इस बंदे को रुको रुको रुको मेरे को यहाँ पे जाने दो थोड़ा वेट करेंगे हम इधर मेरे ख्याल से बंदे तो इस साइड से तो नहीं आएगी ये वाला जो बड़ा सा डॉम है उसके मतलब बीच में से आने चाहिए ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है वो क्या बोलते हैं उसको कोई बात नहीं ओके ओके उस मतलब हमारी टीम के एक बंदे को यहाँ पे बहुत ही अच्छी पड़ी है यहाँ पे डैमेज डैमेज उसको अच्छा पड़ा है यहाँ पर ओके ओके यहाँ से बंदा आना चाहिए आना चाहिए फुट आया मेरे को ये पीछे वाला जो छोटा गेट है वहाँ से बंदा आएगा अभी अभी रुको रुको रुको रुको रुको एक बंदा तो गया हमारी टीम का कोई बात नहीं यहाँ से बंदा आया अरे अरे, अरे यारे अच्छा ओ भाई साहब लास्ट टाइम पर मैंने इसको क्या ही हेड मारा है मेरे को यहाँ पे मेडी मारनी पड़ेगी रुको रुको रुको अरे अरे अरे यार ऐसे कैसे मार दिए हुकोंग में मैं तो हुकोंग बन बना था ना अरे यार कोई बात नहीं चलो ओके गैस तो फाइनल यहाँ पे दोनों टीम के यहाँ पे एक, -एक स्कोर हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है मुकाबला तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि सामने वाली टीम और हमारी टीम मतलब टक्कर के मुकाबले वाली है वैसे तो देखे तो सभी के सभी यहाँ बंदे मेरे को हीरोइक वाले रख रहे हैं क्योंकि उसको मतलब जो बंदे जिस तरीके से खेल रहे हैं उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि सभी के सभी बंदे यहाँ हीरोइक हीरो होने चाहिए ओके मतलब हीरोइक प्लेयर होने चाहिए ऐसा मैं बोलना चाह रहा था ओके ओके तो एक बंदा मतलब दो बंदे यहाँ से आ रहे हैं मतलब जो ये पुल है ना क्या ही बोले माँ इसको पुल ही बोलेगा एक को अच्छा में दिया है यहाँ पर मैंने अरे अरे एक नीचे जाएगा अब नीचे जाएगा जो ऑरेंज कपड़े वाला बंदा है ना वो नीचे जाएगा रुको रुको रुको आया आया आया आया देखो नीचे जा रहे हैं अभी रुको रुको अरे इसका बॉडी शॉर्ट है मैंने बहुत ही अच्छा इसको नॉक किया है इसका पूरा किल कंफर्म यहाँ पे हो चुका है बहुत ही अच्छी बात है ओके भाई मेरे ख्याल से आगे की लॉबी जो है वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए और आया आया ये शॉर्ट वाला बंदा आया इसको में... अरे यारोनो मेरे पास भी तो रुकूंगे अरे ऐसे कैसे मर दिया अरे भाई साहब मेरे पास तो वेस्ट ही नहीं था ना कोई बात नहीं चलो अरे यार राम नाम सत्य हो गया हमारा ओके okay गैस तो यहाँ पे हमारे टीम की मतलब हमारा स्कोर दो है और सामने वाली टीम का एक ही स्कोर है वो वाला राउंड मेरे मेरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीत लिया था क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है और मेरे पास अभी पैराफेल गन है क्योंकि मेरे पास जो शॉर्ट गन नहीं है मतलब कोई शॉर्ट राइज की गन तो नहीं है फिलहाल तो लेकिन कोई बात नहीं मैं पैराफेल में बहुत अच्छा चलाता हूँ मतलब मेरे को पैराफेल अच्छा ना चलाना बहुत ही अच्छा लगता है रुको रुको रुको बंदे लोग आओ आओ मैं तेरे को मतलब मैं तुमको कैसे मारता हूँ आप देखते रह जाओगे मैं क्या ही बोलना चाह रहा हूँ यार मेरे को भी नहीं पता एक बंदे यहाँ से आ रहा है पीछे की साइड से रुको रुको रुको अरे अरे अरे इसको अच्छे में दिया मैंने यहाँ पे। क्रोनो लगा दिया यार ओ भाई साहब लेकिन ग्रेनेड वहाँ पे कुछ भी काम करनी फिर क्रोनो की ताकत आपको जानते ही हो क्रोनो की ताकत क्या ही बड़ी ताकत है उसके पास क्रोनो के पास और यहाँ से बंदा आ रहा है इसको इसको अरे भाई साहब बॉडी शॉर्ड से क्या ही मैंने मारा इसको इसको पूरा ख़त्म ही करना पड़ेगा मेरे को रुको रुको रुको ओके गाइज़ वाओ एक बंदे को मार दिए और वहां पे जो हमारे टीममेट है वो वहाँ पर नॉक हो चुका है रुको रुको मेरे को यहां पे बैठना पड़ेगा एक बार तो क्योंकि उसके पास शॉट गन है मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन है क्योंकि मतलब मैं वैसे तो मुकाबला उसे कर ही नहीं पाऊंगा लेकिन देखते गाइज क्या मैं इस बंदे को मार पाता हूँ देखिए गाइज मेरे को यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा मतलब बी पेशेंस जो गरीना वालों ने यहाँ पर जो नोट दिया ना हमें क्या बोलते हैं मैसेज इसको ये बंदा आया ओपी तरीके से रेस्ट करते हुए और मेरे पास यहाँ पे हुकुमग है इसको नब्बे कैड मैंने बॉडी डेमेज लिया और फायदा वाह भाई वाह क्या ही मैंने इस बंदे को मारा है बती बड़ी चतुराई दिखाई गईज मैंने यहाँ पर वाह भाई साहब वाह क्या ही मारा है इसको ओपी बोलते हैं यहाँ पे हम तीन राउंड जीत चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है गईज अभी मेरे पास पैरा है और वो बंदे की शॉट गन है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है मतलब जो तीन ग्लू और लिए दो ग्रेनेट लिए बाकी कुछ भी नहीं लिया है और यहाँ से मतलब जो दूर में दूर से मेरे को दिख रहा है वहाँ पर जो फैंस है उसके पास बंदा था लेकिन वो भाग गया अरे अरे अरे मेरे को आगे जाना पड़ेगा थोड़ा मैं देखता हूँ अरे आया आया बंदा आया बंदा आया अरे ऊपर से कौन मार रहा है अरे वॉल भी नहीं लग, लग रही यार टाइम पे वॉल नहीं लग रही है मेरे को यहाँ पे मेडि मारनी पड़ेगी रुको रुको रुको ओके ओके वहाँ पे ऊपर भी बंदा है और यहाँ पे अरे अरे यार ऐसे कैसे इतना सारा डैमेज मेरे को किसने दिया यार वो सामने से मार रहा है राइट साइड से ऐसा थोड़ी चलता है यार कोई बात नहीं चलो वैसे तो मेरे यहाँ पे छः किल हो चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है ओके ओके ओके गाय तो ये भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे इसने इस बंदे ने यहाँ पे डबल किल कर दिए बहुत ही अच्छी बात है तो गाइज यहाँ तक आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको लाइक करना है जिस तरीके से मैक कर रहा हूँ फिर उसके बाद जुम्मे जो सब्सक्राइब वाला बटन है लाल कलर का उसको आपको दबाना है फिर उसके बाद में जो बेल वाला आइकन है आपको उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर देना है जिससे क्या होगा मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है और आप हमारे वीडियो है ना सबसे पहले देख सकते हो ये कितनी ओपी बात है, है ना अरे अरे यार गए इस राउंड में कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे मेरे को और एक चांस मिल चुका है और मेरे पास यहाँ पर एम पी फाई और है बहुत ही अच्छी बात है रुको रुको रुको मेरे पास एक भी वॉल नहीं और एक भी ग्रेनेट नहीं है अभी मेरे को बहुत ही चतुराई दिखानी पड़ेगी यहाँ पे बंदे लोग किधर किधरे मेरे ख्याल से वो पीछे की पीछे की साइड से आने चाहिए ओके गैज तो तीनों के दिनों बंदे वहाँ पे पीछे की साइड है मेरे को जाना होगा जल्दी से जल्दी अरे अरे अरे मेरे को यहाँ फुटस्टेप आया गए अरे पीछे से कौन मार रहा है एम से यार अरे यार अरे अरे, वे अरे वे, ने, ने, मर गया कोई बात नहीं चलो वैसे तो हमारी टीम बहुत ही ज्यादा प्रो है आपको पता ही होगा वैसे हम दो राउंड ऐसे जीत चुके हैं ओ oh भाई साहब ये भाई क्या ही खेल रहा है इसका नाम क्या है ब्रोकन एफ ओके बहुत ही अच्छा खेल रहा है गैज ये बंदा ओके ओके ओके बहुत ही अच्छा खेल रहा है मतलब क्या ही खेल रहा है ये बंदा तो ओके okay, जायज तो यहाँ पे फाइनली दो बंदे बचे और सामने वाली टीम के एक ही बंदा बचा हुआ है कर, नहीं नहीं नहीं सामने वाली टीम के तीन बंदे बचे होंगे शायद से ओके जाइज तो यहाँ पर ब्रोकन भाई ने एक बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से नॉक कर दिया और उसको वो भी नॉक हो चुके हैं शायद से मतलब वो भी नॉक हो चुके और भाई साहब इसका नाम क्या है ब्लैक फ्यूचर हाँ ऐसा कुछ नाम है इस बंदे ने क्या ही यहाँ पे ओपी रच किया ओ भाई साहब क्या ही खेल रहे दोनों भाई ओ भाई भाई, भाई भाई भाई भाई अभी एक ही बंदा बचा होगा नहीं अभी दो बंदे नहीं अभी एक बंदा बचा क्योंकि ये इस बंदे ने मार दिया एनिमी को ओके ओके ओके, ओके ये ब्रोकन भाई बहुत अच्छा खेल रहा है और जो ब्लैक फ्यूचर भाई है वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है गैस ओके ओके अगर गैस आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आपको मतलब मेरा जो यू है गेम का वो आपको मिल जाएगा गे मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा अभी देखते हैं रुको रुको रुको ओके गाइज तो यहाँ पे ओपी तरीके से बूया हो चुका है बहुत ही अच्छी बात है वाह भाई वाह ये ब्रोकन भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से बूया की है और मैं शायद सेम एम बी पी नहीं हो, ये ब्रोकन भाई हो गए हाँ गई ये ब्रोकन भाई एम है यहाँ पर ओके गाइज वैसे गई मैंने भी अच्छा खेला है मेरे भी यहाँ पर छः किल है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है और मैं यहाँ पर डायमंड थ्री में टू स्टार कहूँ बहुत ही अच्छी बात है वाह भाई वाह क्या ही खेल रहा है क्या